फीकी ज़िंदगानी भरे दे तू फागुन के रंग सारे रंग सारे प्राण मेरे कारी अंधी हारी कारिखी रुझे हरी जान मेरे फीकी फीकी ज़िंदगानी भरे दे तू फागुन के रंग सारे रंग सारे प्राण मेरे अंधी कारी कार्य रात कर दे तू पूजी यारि जान मेरे जान मेरे प्राण मेरे आगाज कर अंजाम दे कुछ नाम दे इस गीत को पहचान हम खा चला छला गया तो राम साथ सास लेता गया <laughs> खेत पे जो है आ गया था तो उसके बाद जो है फिर मैं सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो भी बना दिया जाए जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उस पर आप लोगों ने काफ़ी रिस्पांस दिया तो उसी के बाद फिर मैंने सोचा कि दोबारा एक नई वीडियो बनाई जाए तो खेत पे आकर मैंने फिर से जो है अपने खेत आया हूँ और तो उस पर जो है नई वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोगों ने मेरे चैनल पर इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ दिल से और जो है मेरे चैनल पे फिलहाल डेढ़ सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं उसी के खुशी में मैं फिर से आया हूँ अपने खेत पे वीडियो बनाने के लिए तो आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखें और जो है मुझे सपोर्ट करें आगे बढ़ाने में और मैं जो है आप लोगों के लिए ऐसे ही नई नई वीडियो तो सिर्फ सरसों दिख रही होगी आपको तो चलिए हम आपको और भी जो है दिखाते हैं सरसों के अलावा भी हमने बहुत सी चीज़ें अपने खेत में लगाई थी तो उसको भी आपको दिखाते हैं सकते हैं कितने मुश्किल भरे रास्ते से अपने खेत में अंदर आया हूं मैं लेकिन यहां पे जो नील गाय होती है बहुत से लोग नील गाय कहते हैं वो जो है पता नहीं कैसे अंदर आ जाती है हमने पूरा इंतजाम करके रखा है फिर भी जो है वो अंदर आकर हमारा नुकसान कर जाती है खेत का जो भी हमने फल और वगैरह लगाया था वो सब जो है वो खा गई है बहुत सा नुकसान कर गई हमारा इधर जो है हमने सब्जियां लगाई है और जो आपको पिछले पिछली वीडियो में मैंने बताया था आप लोग को कि हमने जो है गुलाब का पेड़ लगाया था लेकिन जामा नहीं था तो सब सूख गए थे तो उसमें से कुछ जो है आज मैं आया हूँ पंद्रह दिनों के बाद जो अपने खेत पे आज छब्बीस जनवरी है तो मैं घूमने आया था अपने खेत पे उसमें देख रहा हूँ कि कुछ में से कुछ जो है पेड़ जो है गुलाब का लग गया है जिसमें फूल भी है आप लोग को दिखाता आप देख सकते हैं कि ये जो गुलाब हम मैं, हमने लगाया था वो सारा सूख गया था लेकिन अभी आज मैं आया हूँ कम पंद्रह दिनों के बाद अपने खेत पे तो दे, देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो गुलाब का पेड़ था उसमें से कुछ पेड़ जो है निकल चुके हैं देखिए इसमें भी जो है कली आ चुकी है और ये इधर भी है और एक उधर भी दिख रहा है उधर आगे वहां पे और एक ये बगल है ये देखिए गुलाब इसमें खिल चुका है ये देखकर हम हमको बहुत खुशी हुई क्योंकि कम से कम कुछ तो निकला हमारी मेहनत जो है थोड़ा तो सफल हुई जो मेहनत हमने करी थी कुछ तो उसमें सफल हुई ये जो मेरा छोटा भाई बैठा हुआ है इसी ने जो है गुलाब लगाया था सबसे ज्यादा मेहनत इसी ने की थी इसी ने की थी और इसकी मेहनत जो है सफल हुई इसकी चेहरे इसके चेहरे पे मुस्कान देख सकते हैं आप खुशी की स्माइल है ये और जो है ये हमारा आम का पेड़ है तीन साल का हो चुका है बड़ा हो चुका है शायद इस साल इसमें आम आ जाए भाई और ये जो है अनार का पेड़ है अभी छोटा है इसमें फल नहीं आता है और ये जो है हमारा अमरूद का पेड़ है हम इसमें जो है फल आता है कभी कुछ महीने पहले जो है फल आ गया था तो सर्दी का मौसम चल रहा था तो हम लोग सर्दी में अमरूद खाते नहीं हैं इस वजह से हमने दूसरों को दे दिया और ये देख सकते हैं आपके आम का पेड़ है ये सबसे बड़ा हो गया है तीन साल पहले लगाया गया था बड़ा हो गया अभी तक इसमें आम फरा नहीं है लेकिन इस साल शायद फर जाए बड़ा है इसमें जो है अनार फरा ये अनार फरा भी था लेकिन आप देख सकते हैं इसमें जो है अनार फर के सूख गया है इसी में और इधर जो है नीम्बू का पेड़ है ये ये वाला नींबू का पेड़ है आप लोग देख सकते हैं ये जो है मटर का पेड़ है अभी थोड़ा हाल ही में जल्दी में जो है इसका बीज लगाया था हमने अभी दिसंबर के लास्ट जो हफ्ते में जो है बीज लगाया था तो इस वजह से अभी मटर इसमें हुई नहीं है तो फरवरी आज तक इसमें जो है मटर हो जाएगी आज 26 जनवरी है फरवरी के जो है पच्चीस उसी तक हो जाएगी आप लोग देख सकते हैं कि लीची का पेड़ जो है जो दिखाया था हमने पिछली पीढ़ियों में वो भी जो है काफी खूबसूरत दिख रहा है कल जो है बारिश हुई थी तो इस वजह से जो इस पे धूल मिट्टी पड़ी हुई थी वो सब साफ हो गई है तो देखने में काफ़ी प्यारा लग रहा है ये लीची का पेड़ है बड़ा हो गया है काफी अब इसमें भी जो है एक आध दो साल में फल आना स्टार्ट हो जाएगा और बाकी मेरे पीछे तो सरसों ही बोई है इस बार जो हमने गेहूँ नहीं बोया सिर्फ सरसों ही बोई है इसके नीचे जो है मूली फरी ये मूली लगी हुई है इधर भी जो है धनिया बोई थी हमने ये धनिया निकली हुई है काफी बड़ी हो गई है खेत की जो ताजी सब्जियां होती है फल होते हैं उसके बाद भी कुछ अलग होती है ये इधर भी देख सकते हैं आप मटर अभी जो है जनवरी में ही लगाया था तो इसी वजह से छोटा छोटा पेड़ आज 26 जनवरी है तो जो इसको हमने 10 10 जनवरी को जो है इसको इसका बीज जो है लगाया था तो अब जो है थोड़ा बड़ा हुआ है काफ़ी लेट लगाया था फरवरी के एंड तक ये जो है बड़ा हो जाएगा काफ़ी सुहाना मंजा है कल रात को जो है बारिश हुई थी तो उसके बाद जो है थोड़ा आज मौसम खूबसूरत दिख रहा है धूप भी निकली हुई है हल्का हल्का हल्का क्या थोड़ा धूप है यहाँ जो है ठंडी कम हो गई है आज 26 जनवरी लेकिन लग नहीं रहा कि ठंडी का मौसम है क्योंकि पिछले दो साल से जो है ठंडी काफ़ी कम हो रही है जनवरी में नहीं तो पहले जो है क्या रहता था कि जनवरी में 26 जनवरी के दिन बारिश भी होती थी और जो है कोहरा भी रहता था काफ़ी ठंड रहती थी लेकिन आज देख सकते हैं आप एक टी शर्ट में ही जो है मैं निकल पड़ा हूँ अपने घर से ठंडी हो नहीं रही है काफ़ी काम है ठंडी तो इस वजह से जो है मैं टी शर्ट में निकल पड़ा नहीं तो अभी स्वेटर और रिंगर पहनना पड़ता मुझको शहरों में रहते होंगे जैसे बड़े बड़े शहर हो गए महानगर हो गए दिल्ली मुंबई नोएडा गुड़गांव इधर जो उनमें से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी भी खेत देखा ही नहीं है तो उन लोग के लिए मैं स्पेशल वीडियो बना रहा हूं उन लोगों तक पहुँचाइए मेरा वीडियो ताकि वो लोग भी देख सकें और सपोर्ट करते रहिए मुझे तब तक के लिए चलते हैं दूसरी जगह देखते हैं आगे कुछ अच्छा दिखता है तो दिखा आप लोग को जो मैंने अपनी गाजर जो दिखाई थी पिछली वीडियो में उसको तो भूल ही गया एक बार दिखाने को जो इधर आया तो दिखा फिर नज़र पड़ी तो उसमें आप लोग को भी दिखा दूँ आप लोग देख सकते हैं कि गाजर कितनी बड़ी हुई है ये देखते हैं थोड़ा ज़ूम करके दिखाते हैं इधर ये ये देख सकते हैं आप, काफी बड़ी हो गई है हो गई है खाने के लिए तैयार अब शाम का वक्त हो चुका है तो अब जो है मैं घर की तरफ निकलने वाला हूं तो आज के इस वीडियो को आप लोग देखिए और प्यार दीजिए खूब सारा लाइक शेयर कमेंट जो भी सब सके आप करिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए डेढ़ सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जैसे अभी हमारा साथ दे रहे हैं ऐसे आगे भी साथ देंगे ये वीडियो है बनाया हूँ उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी तो चलिए आपसे मुलाकात करते हैं फिर दूसरी वीडियो में इतना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ